हेलो गाइस आज आपको मैं दिखाऊंगा सिक्के कैसे सिक्के बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं रनिंग सिक्के कैसे रखते हैं ठीक है ठीके? जो भी एम यूजर्स है उन उनके लिए बहुत आसान है ये ठीक है देखिए मैं आपको सिंपल एक देखिए मैंने एक एडिट किया है रनिंग सिक्के आप देखिए गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि फिर आपको आप लोग को समझ नहीं आता है फिर कहते हो ये सिंपल क्लिक किया है मैंने फिर मैंने एडिट किया है थोड़ा अब मैं आपको दिखाऊंगा एडिट कैसे करते हैं ठीक है थीके? ये है ये शूट सिंपल पहले का ठीक है इसको क्या करना है यहाँ पे एडिट का बटन है इस पर देना है ठीक है यहाँ पे सिकई का ऑप्शन है ठीक सिकई का ऑप्शन यहाँ पर समर विंटर बहुत सारे ऑप्शन दिए है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं एम यूज़र्स को ई पी एक हिडन फीचर है ठीक है डायनामिक पर हम क्लिक करते हैं ठीक ट्यूबलाइट जैसे कि मैंने उस आ, वीडियो पे ट्यूबलाइट का वो क्या है एडिट किया है इस पे भी हम वही ट्यूबलाइट अप्लाई करेंगे ठीक देखिए देखिए ऑटोमेटिक हो जाता है खुद वॉइस भी रहती है अगर वॉइस बंद करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी दूसरा ऑप्शन आता है रेन का भी रेन का भी ऑप्शन आप देख लीजिए देखिए कितनी क्लियर पिक आ रही है बेस्ट एडिटिंग मोड्स है पोको के अंदर है रेडमी के फ़ोन जो है उन सबों के अंदर है ये फीचर ठीक है और तीसरा आता है तीसरा ऑप्शन स्नो का भी ऑप्शन आता है ठीक देखिए आप रनिंग रेन का भी आता है देखिए जैसे बारिश हो रही है कितनी क्लियर एडिटिंग हो होती है इस पर आप देख सकते हैं आपको मैंने पिक पहले दिखाई देखो एडिट के बगैर कि कैसी है, है ये पिक एक सेकेंड में आपको दिखाऊँगा देखिए कैसी है ये पिक फिर जब हम एडिट करते हैं रैन देखिए कितना क्लियर आ रहा है अब क्लियरली देख सकते हैं ये, ये बहुत अच्छी एडिटिंग है आप ट्राई कीजिए दूसरी स्नो की है देखिए कितना क्लियर आ रहा है बैकग्राउंड रेन का ऑप्शन है ट्यूबलाइट का ऑप्शन है क्लाउडी है, है देखिए सिक्के चल रहा है कितनी क्लियर है? ये लगती नहीं है एडिटेड है जैसे रियल पिक उठाई हो देखिए और ऑप्शन आता है क्लियर मिल्की वे आता है देखिए इतनी क्लियर पिक जैसे लगती नहीं है ये एडिट की हुई है आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन पोको एक्स या वट जो भी आप रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ठीक है ठीके? और दूसरा है देखिए कितना क्लियर आ रहा है जैसे कैप्चर किया हमने खुद ये पिक ठीक है लगता नहीं है ये एडिटेड पिक है दूसरा मोड है तीसरा मोड है लाइटनिंग मोड है फुल मून मोड है देखिए दूसरा मोड है यहाँ पे, तीसरा मोड है देखिए कितने सारे मोड्स दे रखे हैं, लेकिन हम एडिट नहीं करते थे, इतनी क्लियर पिक जो है कहीं पे नहीं आती है ये एडिटेड पिक